खाओ बनाओ 96 YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे मैं खाने के वीडियोस बनाता हूँ आप लोग सभी मेरी रेसिपी को अपने घर पे ट्राई कीजिए और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए yes, थैंक यू हम लोग बनाने वाले हैं वेज खा नूडल्स आप लोगों को थंबनेल से पता चल गया होगा हम लोग ये यूज करेंगे ये यूज करेंगे और बहुत सारे वेजिटेबल्स यूज करेंगे एंड हम लोग वेज और नूडल्स ही बनाएंगे सारे टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा आप लोगों को कैसे आप लोग होटल जैसा खाना घर पे ही बनाए तो इंग्रीडियंट में हम लोगों के पास पत्ता गोभी है शिमला मिर्ची है बीन्स है स्प्रिंग अनियंस है और कैरेट है एज इट इज चाइनीज डिश सो हम लोगों को थोड़ा सा ब्लैक पेपर लेना पड़ेगा ग्रीन चिल्लीज जिंजर एंड लहसन लहसन आपको पाँच से छः लेना है सो so गाइस, ये सारे वेजिटेबल्स को हम लोगों को अच्छे से कट करना है उसके पहले हम लोगों को हमारा नूडल्स नूडल्स उबालने के लिए हम लोग को पहले एक लीटर पानी डालना है एक लीटर पानी में हम लोगों को थोड़ा सा नमक ऐड करना ऑयल ऐड करना उसके बाद हम लोग इसमें अपना नूडल्स ये कर देंगे भिगा देंगे और थोड़े टाइम से के बाद हम लोग को निकाल देना है पे है और हमारी कढ़ाई भी गर्म हो चुकी है हम लोग को तेल एड करना है दोस्तों आप लोग भी ऐसे ही सेम करना अच्छे से मिक्स कर लेना ठीक है इसमें सबसे पहले जाएगा मैंने जैसे कटने के लिए बोला था इसे मैंने काट के रखा सबसे पहले जिंजर फिर गार्लिक ग्रीन चिल्ली हम लोग इसको तो स्लाइटली मिक्स कर लेंगे कर लेंगे इसमें हम लोग के जाना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि ये चाइनीज डिश है हम लोग को सब कोई करना है अनियन भी आप लोग को डालना है नूडल्स इसमें ऐसे हम लोगों को भून लेना है, और इसमें है, और हल्का का नमक इसी पे। मैंने स्लो कर हैं, अभी मैं डालने के बाद जाके हाई पे अपने अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट आप लोग ज्यादा कम कर सकते हो देख लो लोगों को हमारे ऐड ऐड करने सबसे पहले सोया सोया सॉस सॉस सॉस जाता है ऑलवेज डिश में हमने कर लिया जो क्वांटिटी रहेगी रहेगी वो टीस्पून टीस्पून मेरा रेड रेड चिल्ली चिल्ली पाउडर और थोड़ा सा विनीगर येजवान नूडल्स है आई मीन अगर आप ये ऐड कर रहे हो तो ये सेजवान नूडल्स बन जाएगा अगर आप सेजवान ऐड नहीं कर रहे हो तो ये अच्छा नूडल्स बन जाएगा मैं फिलहाल के लिए सेजवान, सेजवान की भी रेसिपी आप लोगों को मिलेगी जल्दी तो हम लोग गैस का फ्लेम थोड़ा सा हाई रहेगा अच्छे तो से लो रहे हम लोग मिक्स कर लेंगे इसमें हम लोग को थोड़ा सा जीरो मोटो डालना पड़ेगा और इसी टाइम हम लोग को थोड़ा सा ब्लैक पेपर डालना है मोटर मोटर से, से के के डिशेस जितने भी हैं, वो जीनो से ही बनते हैं। तो से का स्मेल आता आता है, I mean, आता है। तो ये हल्का-हल्का मैं हम लोग वेजिटेबल्स हो गए हैं हम, हम हमारा नूडल्स ऐड करना है तो हम लोग नूडल्स ऐड कर देंगे ये ये ऐड ऐड ऐड हाई फ्लेम पे पे हम हम को इसको अच्छे से से बनाना। स्टेज लोग लोग थोड़ा सा इसमें नमक नमक भी भी करेंगे। अपने टेस्ट अकॉर्डिंग आप, आप करना, ज्यादा थोड़े से स्प्रिंकल भी मैं डाल रहा और ये पलटे से देखोगे स्लोली स्लोली चेंज हो जाएगा अगर हम लोग पक्का नूडल्स बना रहे हैं तो हम लोगों को सेजवान स्किप करना है हम लोगों को सेजवान बनाना है तो हम लोगों को अभी आप लोग देखोगे तो उसका पूरा जो कलर था चेंज हो गया है जैसे कि देख रहे हो आप लोग रेडी हो चुका है इसको खाने के लिए हम लोग रेडी हैं आप लोग है। लो देखिए कैसे ये ये कोई शो केज वीडियो नहीं आप लोगों को तो पता ही है जीन्यून वीडियोज़ बनाता हूँ मैं आपके पूरे नूडल्स अलग अलग लग रहे हैं कहीं से भी आप उठाओगे हमारे शेजवान और ये मैं तो हम लोग आई रेडी हैं खाने के लिए और आप लोगों को मैं जीन्यूम फीडबैक दे रहा हूँ अगेन तो मैं शेजवान के साथ खाऊंगा ये मुझे नहीं लग रहा है कि घर पर बनाया हुआ है आप लोग डेफिनेटली ऐसे बनाओगे तो आप लोग को भी ऐसे ही एक विदाउट सिर्फ का खाता हूं सारे वेजिटेबल पक गए हैं। सब्जी की तरह भी नहीं पके हैं, अच्छे पके हैं। तो आप लोग फ्राई ये रेसिपी अपने घर पे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो